हाँ आज दिवस है। क्या बताना चाहेंगे चाहिए विश्व तम्बाकू दिवस पर एक उद्देश्य है कि इकतीस मई को मनाया जाता है इसलिए कि आज हमारे देश में तम्बाकू का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है नवयुवक हमारे यूथ वर्ग भाई वो जो है फैशन के दिखाने के तौर पर वो शुरू करते हैं और शुरुआत यहीं से होती है यूथ वर्ग सबसे शुरू यहीं से करते हैं कि वो दिखावटी रूप में चाहे तंबाकू हो चाहे वाइन हो इससे शुरू करते हैं बाद में वो लोग आदि हो जाते हैं इसके इससे हमारे देश में तंबाकू के यूज यानी प्रयोग करने वाले युवाओं में ज़्यादा है और यह एक गंभीर बीमारी का कारण बनता है जिसमें ये शॉर्ट टर्म डिजीज़ होती है लॉन्ग टर्म डिजीज होती है शार्ट टर्म में शुरू होता है मुंह की बीमारी से जैसे पारिया होता है और लाइकन प्लेनस होता है छाले पड़ जाते हैं लोग अनदेखी करते हैं कि अरे छाला पड़ गया छाला पड़ गया इधर उधर दवा लेते हैं सही दवा नहीं करते हैं इसके बाद जब ये विकराल रूप धारण कर लेता है तो कैंसर होता है इसके अलावा अगर मुंह से संबंधित बीमारी हो गई इसके बाद हार्ट डिजीज इससे बहुत हो रही है कर्मी ब्लॉकेज होते हैं इससे जिससे बाद में इससे स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा आते हैं तो विश्व तम्बाकू जो एंटी टोबैको डे बनाया जा रहा है इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूक करना है कि तंबाकू के प्रति अपनी रुझान को एकदम बदल दें तंबाकू हमारे समाज को विकृत कर दे रहा है हमारे युवाओं को जहाँ एनर्जी उनको लगानी है वो एनर्जी उनकी लग नहीं रही है और ये थोड़ी सी खुशी के लिए लोग यूज करते हैं और ये नहीं समझते कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा इससे बहुत लोगों को जान जा रही है डब्ल्यूएचओ ने शुरू में 1988 में ये प्रोग्राम शुरू किए थे सत्तासी अट्ठासी में शुरू किए थे जो कि डब्ल्यूएचओ का चालीसवाँ उनका वर्षगांठ था उसी अनुसार इन्होंने से और क्या क्या रोग तम्बाकू सुपारी से तो सबसे मुंह से संबंधित अगर बीमारी देखा जाए तो मुंह से सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो दांत का अटिशन होता है अर्टिशन मतलब घिस जाना होता है दूसरी बात होता है कि जो मसूरे पे जाता है तो वहाँ धीरे धीरे घाव पड़ता है छाले पड़ जाते हैं जीभ में उनकी लॉस ऑफ सेंसेसन हो जाता है स्वाद का मिलना कम हो जाता है और इसकी वजह से बाद में ज़्यादा यूज करने के बाद ये कैंसर का रूप धारण कर लेता है जिसे माउथ कैंसर कहते हैं लोग